इंडिया में टिकटॉक बैन होने के बाद बड़े बड़े टिकटॉकर बड़े बड़े नौकरी के लिए बाहर तलाश के लिए निकले जिसमें से ये एक है देखो हेलो मेरे यारो टिकटॉक बैन होने के बाद बड़े बड़े टिकटॉकर्स अपना कॉन्टेंट कार्ड ले समझ नहीं आ रहा था ओह सॉरी कंटेंट कार्ड ले समझ नहीं आ रहा था तो अपने मार्क्स जकर भैया द बिजनेस टाइकून ने अपना आइडिया लगाया और टिकटॉक को ही इंस्टाग्राम में घुसेड़ दिया एज अ रील जब टिकटॉक ने मार्क भैया से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तब उनका जवाब डू यू नो वॉट यू हैं हमारे पहले वीडियो पे उससे पहले जो नीचे लाल बटन है ना उसे दबा दो वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और हम लोग फाइव सब्सक्राइबर के बहुत करीब है तो सब्सक्राइब बटन दबाए दो प्लीज साले किसके साथ बात कर रहे जितना तेरा ना के है तेरे पता नहीं मार्ग भैया ने ऐसा क्यूँ किया पर पहले ये टिकटॉक पे हकते थे अब ये इंस्टाग्राम को हने का प्लेटफॉर्म बनाएंगे देखो भाई देखो अगर स्टार लोग ये ऐसे धंधे करेंगे तो आम जनता से हम उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जनता मिस आप और हम लोग ने टिकटॉकर्स, पर इस बंदे ने जो होगा पता नहीं भाई ने क्या बोला ट्रम्प एकदम जाहिल आदमी है क्लासेस ऑनलाइन है तो बच्चों के वीजा कैंसिल कर रहा है ये बच्चे वहाँ पढ़ाई करने आए भी नहीं थे ये वहाँ पे बीच में पार्टी वार्टी करने आए थे बियर बियर पियंगे लड़के लड़कियाँ आगे गृह बनाएंगे अमेरिका में क्लब में मै जा जाके कुछ बोल डांस कर रहे हैं शाम को ये सब Zoom पे करेंगे What? What the fuck? पता नहीं भाई को क्या जताना है भाग की यार नशे की गोली खाके बोल रहे भाई अब इस साले ट्रम्पे हो उसको ज्यादा दिमाग मत देता वैसे अभी साले को कोरोना के टाइम में पार्टी करना है पता नहीं दुनिया में क्या चालू है अबे चूसे हुए आम के करना है तो ओयो रूम ही बुक कर लो पर नहीं सालों को रोड पर ही शुरू होना है, और एक बात ये टट्टी वीडियो इंस्टाग्राम रील पे ही डालना जरूरी है क्या हम है हम, थोड़ा सालो तुम तो चूतिया हो उनको थोड़ी पता है। भाई तुम लोग हो तुम्हें पता नहीं है पर तुम हो <laughs> और ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पर भी टिकटॉक की वीडियो पेलना ऐसा क्यों नहीं भाई क्यों गए चल वीडियो डाला पर है क्या ये मीनिंग क्या है इसका साला वीडियो का कुछ मीनिंग भी होना चाहिए ना पर रखना ही नहीं है ना मीनिंग साला अभी तक कंफ्यूज हुआ क्या है इस वीडियो में नहीं हमें है, ये भी साला टिकटॉक का वीडियो मुझे पता नहीं राइट वाले वीडियो पे कुछ है या नहीं है पर इसके रिएक्शन ऐसे लग रहे हैं मैं हरी मिर्च मिर्च लाल मिल्च और डंडे से बंधा हुआ बम एक साथ डाल दी। तो तीन मुझे बड़ा मजा आएगा फिर नहीं है क्या ये सच यार ये। क्या? चालू क्या है इंडिया में फिर मैंने इंडिया के टू मोस्ट टैलेंटेड पर्सन देखा Tiger दाएंगे। दाएंगे दाएंगे। भाई मारो मारो मारो मारो। मुझे मुझे मैं इन दोनों के बारे में कुछ कह तो नहीं सकता क्योंकि जन्नत और फैजू मेरे दिल के बहुत करीब नहीं है मैं इन दोनों की बाद में मारूंगा आज मैं वीडियो में गाली नहीं देने वाला हूँ जब गाली वीडियो बनाऊंगा ना मां कसम काट के रख दूंगा दोनों को और उसके लिए निका सब्सक्राइब कर दो वो जो नीचे लाल बटन है ना मैंने पहले जैसे कहा था उसे दबा दो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके लिए पैसा नहीं लगता है दबा दो यार प्लीज तो मैं जब इंस्टाग्राम रील यूज कर रहा था तो मुझे लकी डांसर दिखा भाई डांस कहा है कहा है सच में भाई मुझे डांस दिखा भाई तुझे डांस ने दिखाना पर बाकी के बख्शु करना है पता है तू क्यों? एक काम कर, एक तो नाम चेंज कर ले नहीं तो साले तू मुजरा करना चालू कर दे ऐसे लोग तो दुनिया में, दुनिया में, में मतलब इंडिया में तो बहुत सारे हैं। बाद में टाइम मिले तो और मारूंगा तो भाई आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो वो जो नीचे लाल बटन है ना उसे दबा दो वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए प्लीज कर भी दो यारो लाइक शेयर और सब्सक्राइब